सो so, हेलो दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा पत्थर देखा है जो सिर्फ 11 लोग ही उठा सकते हैं ना इससे ज्यादा ना इससे कम और इस जगह पर एक लैंप ऐसा चल रहा है जो पिछले 500 सालों से 24 घंटे ही चल रहा है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ पुणे में हजरत कमर अली दरवेज की एक चर्चित दरगाह की जिसमे हजारों श्रद्धालु अपनी मन्नतों के साथ वहाँ सदके के लिए जाते हैं ऐसा माना जाता है की वहा एक करिश्माई पत्थर है जिसे एक बार में सिर्फ ग्यारह लोग ही उठा सकते हैं और अगर ग्यारह से ज्यादा या कम कोशिश करते तो वो पत्थर नहीं उठता है हैरान कर देने वाली बात है, जब 11 लोगों से उठाने की कोशिश करते हैं तो उसके वजन का बिल्कुल एहसास नहीं होता है ऐसा करते हुए श्रद्धालु एक में हजरत अली दरवेश को याद करते हैं रोजाना लोग इसे आजमाते हैं इसके अलावा वहां एक ऐसी लैंप मौजूद है जो चौबीस घंटे चलती है इसके बारे में आप व्यूवर्स का कहना है कमेंट करके जरूर बताए अच्छी लगी हो और ऐसी आगे भी देखना चाहते हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मिलती है अगले वीडियो में